माइ ने मिस अग्रता क्लास वन ई भूल गया है क्यों इंसान भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी की काया सब पर की निर्मल छाया यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान भूल गया है क्यों इंसान धरती ने मानव जाए, मानव ने ही देश बनाए बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान भूल गया है क्यों इंसान थैंक यू